music, music by Studio, Presenting कोइन का लवर्स बोला राम नीम लिया हो दिल की धड़कन बढ़ जा ट बोल तोरा अब तो घर में से जुआरी दिल बेजा जबरा तू बस बसगी मारी से रो बा तू दूरी मत जावे जावरी दिल जावे से जाव तो आत्मा के माया थोड़ी तारो प्याराखो तो सब खार बिताजों थोड़ी दिल सुतन साहु तो तोने दिल सुन साव दूरी तू मत बीच के सुंदर मत को So I will saw music bright Sangit studio kustala खेड़ा जी बड़ा ठाट गर पौनी पाई एक साथ मेंवे कलड़ा गाँव जिम बड़ा ठाठ सू घूमत उधर रेव तो न चावे चोरी अर्जुन तारो लाड़ लो जो तो को मस्ती जोरी इन्हें दोरा तारो यासरो दिलया बाड़ी आई लग आई लग बोलिया I need you, but you don't want me. हमारे गाड़ी में बोल रहा विशेष सहयोग अर्जुन सागर लली खेड़ा मोहन गुजर क्या